बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी की शादी तेईस जनवरी को टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल के साथ होगी यह शादी उनके पिता यानी कि सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले में होगी शादी की तैयारियां पहले से ही तेज हो गई हैं। 21 और 22 जनवरी को संगीत और मेहंदी का फंक्शन है तेईस जनवरी को आथिया सुनील शेट्टी के घर से विदा हो जाएंगी बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर के राहुल तेईस जनवरी को एक दूजे के हो जाएंगे उनके साथ फेरे के फंक्शन 21 जनवरी से शुरू होंगे वैसे तो दोनों परिवारों की तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं दी गई है लेकिन शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस शादी में क्रिकेट जगत से लेकर बॉलीवुड स्टार के बड़े स्टार्स शामिल होने वाले हैं। वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का